जगावे हाथ धोदे ला जबो देसी हारावे भीतर तो से मन गुदगुदावे भात जब सोलहन तोर छुवावे शुकमा शुक कसम जे पाति में तीर है अरे लड़की सो जलती मारे गोरी तोरा लाल गाली रे रोड पर चले लू कमाल मारे गोरी तोरा लाल गाल रे अरे जान मारे गोरी तोरा कोरी गाली रे रोडू पर चले लू कमाल अरे अरे जान जान गोरी गोरी लाल गाल रे अरे मारे तोरा गोरी गाली रे रोड़ी पर चले सो सो वारल की चलूरू तुम ही हो रेडमी वाई कोई नहीं अब तुम ही हो बंधु तुम ही हो कोई नहीं अब सी बात तुम्हारे मम्मी पापा से बात कराते सब घर का समाचार मुझ तक पहुँचाते खोलू दर्शन न पाऊ दिल में के धरे कनाऊछल उ बहुत प्यार प्यारे जीहजा से हम बहुत प्यार का हरी जीहजा से हम दीदी अगर छोड़ दे रख ले हम बहुत प्यार का हर ले जिह तो से हम मैं तुम्हारे कदमों में रख दुनिया का सारा खजाना। माँ के गया तुम्हारा खजाना अंदर डाल बनाना और शुरू कर दबाना तेरी शादी हुई है नहीं तेरा बड्डे की हो गया आई लव यू आई लव यू टू लेकिन सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती हाँ मालूम है कमाना भी जरूरी होता है अबे लोडू चोतना भी जरूरी है वरना तू कमाता रह जाएगा और चोत कोई और चला जाएगा क्या करूँ मैं अमीर बनकर मेरा महादेव तो फकीरों का दीवाना है दिखावे की मोहब्बत से दूर रहता हूँ मैं इसलिए माँ कल के नशे में चूर रहता सुनो मेरी शबाना दीवाने दीवाने रे री देरी बाजे पल बिगड़े चढ़ ये तो रात भर मचा मचा किया मैंने पान वाले से बोला मैंने बोला बोला एक पान लगा दो बोला कौन सा पान लगाया बोला बोला मीठा पान लगा दो बोला कितना मीठा मैंने बोला फुल मीठा कर दो बोला रसगुल्ला डाल दे क्या इसमें और जानवर गोरी तोरा लाल गाल रे और जानवर गोरी तोरा कोरी गाल रे रोड पर चले लु कमाल Oh.